गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है सर कृपया सर भी पधारे हैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत आप लोग बैठ जाए कृपया जोरदार तालियां बस्ती रहनी चाहिए नेक्स्ट। हो से कैसे निकलिए निकलिए मैं जल्दी आइए हफी दीज थालियां बस्ती रहनी चाहिए दूसरा हमारे सहयोगी लयंसिटी के प्रेसिडेंट संजय आचार एवं उपस्थित हैं को इस प्रोग्राम में आने के लिए और बच्चों को अपना समय और आशीर्वाद देने के लिए हम तो तेरा पंप के लोग और लॉन्स क्लब जो इस गुरुकुल के साथ एसोसिएटेड हैं और बच्चे आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि शुरू से ये टाइक वगैरह सीख रहे हैं देखिए पढ़ाई अपनी जगह है लेकिन शरीर अगर नहीं ठीक रहेगा तो कोई भी पढ़ाई काम नहीं रहेगा तो पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेकिन साथ में ही आपका जो तो शरीर है ये अच्छे तरीके से काम करता रहे तो इसके लिए कुछ आप लोग को व्यायाम या जो भी इस्पोर्ट्स एक्टिविटी करते रहना चाहिए और जितनी कम उम्र में सीखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा सीखेंगे जितना ही बड़ा होने पर आप सीखेंगे उतना ही तकलीफ़ होती है सीखने में तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू रखिए खासतौर तो पर जो बच्चे हैं आज है तो आप लोग के लिए सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है तो अपनी आप लोग ये कोशिश करिएगा कि जब तक आप लोग बड़े नहीं हो जाते 18 साल 20 साल की उम्र तक इसको अगर आप सीखते रहें तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको एक अलग समाज में एक अलग पोजीशन भी आपको दिलाएगा ये और ये एक स्पोर्ट्स ही नहीं है ये एक एनर्जी चैनलाइज करने का तरीका है ताकवाण्डो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी करता है ये वो भी ब्लैक बेल्ट है उसको बचपन से सिखाया हुआ तो आप लोग भी नहीं सीखिए और भविष्य में आप लोग और बढ़िया करेंगे और आशा करते हैं आप लोगों में से ही कुछ लोग आगे टूर्नामेंट्स में जाएंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद है और दिवस के उपलक्ष्य में आज जो ये गुरुकुल टाइकंडू क्लासेस का व्यवस्था कराया यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट में टाइकंडू क्लासेस टू इस विषय में आप प्रकाश डालिए और समस्त स्कूलों को नारी को सशक्तिकरण बनाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि समस्त स्कूल भी हमारे बहन बेटियों को शक्तिशाली बनाने के लिए वो किसी का परी ये बैसाखी का सहारा की उनका आवश्यकता ना पड़े अपने आप में वो एक शक्तिशाली हो जो हैं है वास्तव में कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास जो विलुप्त हो गया है इस विषय में आप क्या कहेंगे बताइए नमस्कार मेरा नाम राजकुमारी सिंह है मैं गुरुकुल की शिक्षिका हूँ आज गुरुकुल में टाइकोंडो का जो ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये आपका द्वितीय ये जो द्वितीय पार्ट चल रहा है जिसमें बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उसको आत्मनिर्भर आज हम लोग देख रहे हैं कि लड़की लोग घर से अकेले बाहर नहीं निकल पा रही हैं उनका गार्जियन उसको छोड़ते नहीं हैं और उन लोगों को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि वो खुद के ऊपर सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रहे तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे गुरुकुल प्रांगण में आपके सिलीगुड़ी के सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के आज मैम जो कार्य कर रहे हैं गुरुपिन के बच्चे के लिए खास करके लड़कियों के लिए स्कूलों में जा ह्यूमन घुमन आज हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से तो बहुत सारी लड़की है जो मायाजाल में पसी जा रही है उन लोगों को बहुत ही गंभीर गंभीरतापूर्व उन लोगों को बताया जा रहा है कि क्या सोशल मीडिया में हम लोग जो तो फालतू का टाइम वेस्ट हैं उनका क्या अंजाम होने वाले हैं आज हम लोगों को कुछ भी लालच दे रहे थे छोटे जैसे बच्चों को लड़कियों को स्कूल आते टाइम जाते टाइम उन लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगवा कर ले रहे हैं जिन पर हम गार्जियन हम टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे अगर मैम स्कूल के माध्यम में जा बच्चों को बता रही है समझा रही है जिससे बच्चे समझ रहे हैं समझ के उस चीज को समझ रहे हैं जो कि उनके साथ वो घटना ना घटे और मैम मैम को और मैम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैम हर स्कूल में जाके समझा रही है खासकर करके गर्ल्स स्कूल में जाके हर गर्ल्स स्कूल में जाके मैम अच्छे से समझा रही है वमन कैफी चीज बाल विवाह आज छोटी छोटी बच्ची लोग शादी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है मैरिट क्या है और वो लाइफ में वो बाशावारी काम कर रही है शादी करे बाारी करे बच्चा पैदा करिए ये तो उनके लिए सही नहीं है ना उसका शरीर को भी नुकसान पहुँच रहा है उनका फैमिली को भी नुकसान पहुँच रहा है जिसको हम लोग चाहते हैं ये चीज़ ना हो और बस्ती ये जो बच्चिया है ये लोग सेपरेट रहे ये लोग आत्मनिर्भर बने अपनी रक्षा वो खुद कर सके किसी की जरूरत ना पड़े कि मम्मी लेके चलिए पापा लेके चलिए, वो खुद जब स्वनिर्भर हो जाएगी तो वो बाहर निकल सकती है और हम लोगों का जो गुरुकुल का मिशन है जो तो गुरुकुल परिवार का संदेश है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए उनको शिक्षा देना चाहिए कि वो समाज में आगे बढ़ सके उनको दीवा कराने का मकसद सिर्फ ना रखे गार्जियन गार्जियन को समझना चाहिए कि आज हम बेटी को पढ़ाएंगे तो कल हमारी जो बेटी है वो दूसरे हमारा तो समाज का रोशन होगा और तो समाज बेटियों को सम्मान मिलेगा समानता का दर्जा मिलेगा इसी तहत मैं आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद देना चाहती लगता है स्कूल आके यहाँ पे कौन आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है सर की मैम आप लोगों को बड़े होके क्या बनना है साइंटिस्ट गुड वेरी गुड आपको क्या बनना है बेटा वाह पहले तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ आप जरूर बनेंगे आईपीएस ऐसे ही मन में रखिए विश्वास आपको क्या बनना है बाबू बोलिए बोलिए बोलिए साइंटिस्ट बनना है गुड आपको क्या बनना है आर्मी गुड क्या बात है क्या बात है तो आप देख रहे हैं तमाम बच्चों को गुरुकुल के बच्चे जो इनके अंदर संस्कार की बीज ऐसे ढंग से दिया गया है जो सभी अभी से ही अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं मुझसे बातें करके कैसा लगा थैंक यू सो सो स्वीट क्या बात है क्या बात है एक दिन सुबह